दूध ले लो दूध तुम्हारी इतनी उम्र होगी शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं नहीं, मेरे को शादी नहीं करनी क्यों? वो ना मैं जब सुबह पाँच बजे दूध देने के लिए निकलता हूँ ना तो बिना मेकअप के सारी औरतों को देख के मेरा शादी से दिल ही उठ गया गजब बेच है